कभी सलमान के बालों कभी कटरीना के गालों पे मर गए कभी चुंबन, कभी चेहरे, कभी चुंबन, चेहरे, महापुरुषों को याद रखा लेकिन हमारे महापुरुषों को कैसे याद रखा एक पंक्ति में कहना चाहता हूँ सपनों के झूले में हम सभी झूल जाते ये तो अच्छा है कि नोट पे छब्बे वरना महात्मा गांधी को भी भूल जाते वाह वाह